साथियों प्रणाम इस समय गांधीधाम में हैं हम गांधीधाम में एक नए अपनागर आश्रम की शुरुआत होने जा रही है उसी की तैयारियों में हम बाजार जा रहे थे तो एक प्रभु जी यहाँ पर हमें मिले हैं ये कौन सी जगह कहलाती है भाई साहब इफ्को कॉलोनी इफ्को कॉलोनी गांधी धाम के सामने ये प्रभु जी यहाँ पर लावारिस अवस्था में बैठे हुए हैं लगता है तबीयत भी थोड़ी ख़राब है तो हम इनको आश्रम में ले जा रहे हैं गांधी धाम में एक तारीख को प्रभु जी का प्रवेश होने, होने वाला है और अभी चूँकि आश्रम की तैयारियों में यहाँ हम लगे हुए थे तो आश्रम की तैयारियों के समय में ही हमें ये प्रभु जी यहाँ पर दिखाई दिए हैं। तो आपका नाम क्या है अपना नाम बता पाएंगे कुछ ही नहीं है क्या नाम है नाम, नाम नहीं बताते हैं कुछ बोलते ही नहीं अच्छा और तबीयत ठीक है आपकी बुखार तो नहीं है कुछ बोल नहीं रहा। गाँधी धाम अपनगर आश्रम में हम इनको प्रभु जी को अब लेकर जा रहे हैं आइए इनको नासिर भाई लेके चले इनको आइए आओ आ जाओ देवस्था। देवस्था। आजाओ। है लावारी अवस्था में प्रभु जी यहाँ पर थे एम्बुलेंस के द्वारा इनको अपना घर आश्रम गांधी में जो ओस्लो सिनेमा हॉल के निकट गीता भवन में एक तारीख को शुरू होने वाला है पर ईश्वर की लीला है कि ये हमें प्रभु जी आज आश्रम की तैयारियों की वजह से हम बाज़ार में आए हुए थे प्रभु जी हमको यहाँ पर मिले हैं ईश्वर की माया है गांधीधाम धाम गुजरात में ओस्लो सिनेमा हॉल के निकट गीता भवन में आश्रम की शुरुआत एक तारीख से की जा रही है अपना नाम बताएंगे प्रभु जी कुछ नाम नहीं बोल रहे ये बोलते नहीं है केवल मुस्कुरा रहे हैं बोलो इन्हें शारुख नाम बताओगे अपना आप, आपका नाम क्या है नाम बताओ कहीं नहीं बोले कहीं नहीं खैर बोलते है। नहीं है नाम नाम भी नहीं बताओगे अपना चलिए कोई बात नहीं ईश्वर की लीला है धूप गर्मी सर्दी बरसात बाहर पड़े हुए थे पेड़ के नीचे और आज इनको अपना घर आश्रम गांधीधाम में ले जाया जा रहा साथियों आप सभी से निवेदन है जो फेसबुक लाइव के माध्यम से गांधीधाम या आसपास के एरिया से हमसे जुड़े हुए हैं यदि इस प्रकार के कोई प्रभु जी आपको कहीं पर दिखाई दें तो अपना घर आश्रम गांधी धाम का फ़ोन नंबर मैं आपको बता रहा हूं फ़ोन नंबर कृपया नोट करें सेवन थ्री डबल ज़ीरो फोर नाइन वन ज़ीरो फाइव वन इस नंबर पर कॉल करके आप हमें इस प्रकार के प्रभु जी की सूचना दे सकते हैं ताकि उनको आश्रम में ले जाकर मुख्य धारा में शामिल किया जा सके इस प्रकार के व्यक्ति जो अपने बारे में ठीक से बता भी नहीं पाते कुछ आप दे दें तो खाते भी नहीं हैं लावारिस अवस्था में सड़कों पर पड़े रहते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए अपना घर आश्रम गांधी धाम में एक तारीख को शुरू किया जा रहा है आप सभी से निवेदन है एक बार पुनः कि यदि आपको इस प्रकार के कोई प्रभु जी गधी में दिखाई देते हैं तो उनकी सूचना आप आश्रम के नंबर पर दें नंबर मैंने आपको बताया एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ सेवन थ्री डबल ज़ीरो फोर नाइन वन ज़ीरो फाइव सभी को प्रणाम धन्यवाद